तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेडिटेशन म्यूज़िक की चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और भी टेंशन में हैं तो वे भी रिलैक्स हो सके फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके आप ज़रूर बताना और इसे क्या आप देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ किसके रिलेटिव ज़्यादा देखना चाहते हैं कैसा म्यूज़िक आप देखना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएँ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मान्य रखते हैं मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई